हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंक दिस साइड इज़ अदनान खान एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेक्स्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई मनी ही सीजन थ्री इसका सीज़न वन और टू का रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खास और स्पेशल है इस वेब सीरीज़ में जिसकी वजह से ये वेब सीरीज़ आपको कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं पिछले दोनों ही सीजन में इसकी कहानी को एक परफेक्ट तरीके से एंड कर दिया गया था पिछले दोनों ही सीज़न एक साथ शूट किए गए थे और इनको 2017 में रिलीज़ कर दिया गया था और सीज़न थ्री बनाने में प्रोडक्शन वालों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि सीज़न वन और सीज़न टू में ऑलरेडी पहले ही कहानी पूरी हो चुकी थी और प्रोडक्शन वालों को नई स्क्रिप्ट पे काम करना था यही वजह है कि इस सीज़न की शूटिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा और ये दो में जाके कम्प्लीट हुआ और प्रोडक्शन वालों ने सीज़न थ्री बनाने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लिया और प्रोडक्शन वालों की मेहनत सच में सीजन थ्री में देखने को मिलती है क्योंकि सीजन थ्री सीजन वन और सीजन टू के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बनाया गया है सीजन थ्री में टोटल आठ एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड चालीस से पैंतालीस मिनट लंबा है जिसका टोटल टाइम पाँच से साढ़े पाँच घंटे का है तो सवाल निकलता है क्या आपको अपनी लाइफ के साढ़े घंटे इस शो को देने चाहिए या नहीं तो मेरी तरफ से आपको ये शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए सीजन थ्री का पेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट रखा गया है पिछले दोनों सीजन के मुकाबले में इसी वजह से आप इस सीज़न में बिल्कुल भी बोर नहीं होते बात करते हैं इस सीज़न की प्लॉट की तो इस सीज़न का प्लॉट पूरी तरीके से फोकस करता है टोक्यो और रियो पर जहां पहली चोरी के बाद सभी टीम मेंबर अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ रियो को पुलिस अरेस्ट कर लेती है उसके बाद टोक्यो प्रोफेसर को ढूंढती है और मदद मांगती है और प्रोफेसर पूरी टीम को एक साथ इकट्ठा करते हैं और वहीं उनको बताते हैं एक और शानदार एंड माइंड ब्लोइंग चोरी का प्लान और वहीं से स्टार्ट होती है एक है। ने सभी से बहुत ही अच्छे तरीके से काम लिया है बात करें एक्शन की तो पिछले सीजन के मुकाबले में इस सीजन में एक्शन बहुत ही ज्यादा है जो की कहानी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है बात करें सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे सभी ने अपना बेस दिया है लेकिन प्रोफेसर का करैक्टर और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हो जाता है इस सीज़न को देखते वक्त आप प्रोफेसर के और भी ज़्यादा फ़ैन हो जाएंगे बात करें ड्रामा और सस्पेंस की तो ड्रामा पहले से भी ज़्यादा बेस्ट है और ये सीज़न आपको सस्पेंस से बार बार शॉक करता रहेगा तो अब बात कर लेते हैं क्रिटिक्स की कि क्रिटिक्स को ये सीज़न कितना ज़्यादा पसंद आया तो क्रिटिक्स को ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और आई एम इसकी रेटिंग एट प्लस की है बात करें मेरी तो मुझे ये सीजन पिछले दोनों सीजन से भी ज़्यादा परफेक्ट लगा जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा मेरी रेटिंग इस सीज़न के लिए रहेगी ए प्लस की अगर आपको मेरा रिव्यू जरा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर जरूर बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप वॉचिंग